एक्शन तू कौन है जी मालती थी माल थी तू तो अभी भी माल है ईमानदारी <laughs> से छुदाई नहीं की तो खुदाई क्या खाक करोगे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार पर तो रुको जरा सबर करो अगर एक औरत अपना सब कुछ एक बार में दे दी तो मर्द उसे चरित्रहीन समझता है अजी लगड़ा लंग मेरा इसलिए औरत को न थोड़ा थोड़ा करके इसे भूखा रखना चाहिए अच्छा आप तो पूरे जानवर हो लगता है सालों से कुछ खाए नहीं हो और अभी तो रुको बाकी है इसमें ना किसी बड़े का वो चाहिए था अरे हाँ बिल्कुल साइन साइन चाहिए था लोकी मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोजरा मजा आया बाय बाय टाटा गुड बाय कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं कर दो